तोर माथे के बिंदिया तोर माथे के बिंदिया लाली चोन भरे पहली नजर में पसंद कर लोके तो तोरे चल जोड़ी अपन माना I'm not alone. तोर माथे के बिंदिया पाली तूरिया तोर माथे के बिंदिया तोर माथे के बिंदिया पाली तू धरिया गया जान मरे रे रे रे तोर तु ग